आपका भाईचारे और सद्भावना के दो तीसा मसीह का जन्म दिवस क्रिसमस का पर्व धूमधाम से मनाया गया जैसे ही मध्यरात्रि में प्रभु यीशु का जन्म हुआ तो समूचा शहर खुशी में डूब गया शहर की फिलिप्स मिथुरिस्ट मेमोरियल समेत अन्य चर्चों में मध्यरात्रि के बाद ग्रेट यीशु कम्स और विक्ट्री जैसे गीतों पर यीशु के अनुयायी खुशी में खूब झूमे रविवार को सुबह से ही प्रार्थना के लिए लोग का गिरजाघरों में आना शुरू हो गया और एक दूसरे को केक खिलाकर और गले मिलकर बधाई दी इस दौरान सेंटा क्लॉज ने उपहार भी बांटे। फिलिप्स मेथोडिस्ट मेमोरियल चर्च के पादरी ब्रिजेश मंसेल ने सभी को क्रिसमस की बधाई दी उन्होंने बताया कि क्रिसमस का त्योहार प्रेम का है कुछ देने का है क्यूँकी परमेश्वर ने भी प्रभु यीशु मसीह को इस संसार के मोक्ष के लिए संसार के उद्धार के लिए दिया वैसे ही परमेश्वर चाहता है की हाँ म भी ईश्वर के प्रेम के दिए हुए प्रेम को हम भी आपस में बांटते चलें क्योंकि ईश्वर ने कहा है कि प्रेम को छोड़कर और किसी भी चीज के हम कचदार ना बने यदि हमारे जीवन में प्रेम होगा तो सब कुछ अच्छा होगा हां हमारे देश से हमारे समाज के सभी कुरीतियां खत्म होंगी आज का जवान नशे में है प्रेम से सब कुछ दूर किया जा सकता है क्यूँकी प्रभु ईसा मसीह ने कहा की मैं पापियों का नाश करने नहीं बल्कि उनको बचाने आया हूँ उन्होंने कहा कि पाप से नफरत करो पापियों से नहीं उन्होंने केवल प्यार दिया किसी से नफरत नहीं की उसने गुनाहगारों से नफरत नहीं की बल्कि प्यार किया और उन्हें बचाया उन्होंने गुनाहगारों पर तरस खाया करुणा की और उनका उद्धार किया अच्छे बने उनका पृथ्वी पर आने का उद्देश्य यही था कि मनुष्य अच्छे बने और नरक में ले जाकर परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहे यही कसमस का विशेष उद्देश्य है और उसका अर्थ यही है कोची स्थित सिर्फ मेथाडिस्ट मेमोरियल चर्च के पादरी ने क्रिसमस के अवसर पर प्रार्थना सभा के बाद लोगों को शासन द्वारा जारी की गई कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का संदेश दिया उन्होंने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है इससे बचने के लिए भीड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें, मास्क लगाएं और सरकार द्वारा जारी की गयी गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करें खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रहने दे मुरादाबाद ऐसी मोहम्मद फरमान के साथ साजिद हुसैन की रिपोर्ट आज हम मौजूद हैं यहाँ मुरादाबाद के पीलीकोटी स्थित चर्च पर जहाँ आप देख सकते हैं न्यू फेस्टिवल काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था अभी यहाँ पर काफ़ी देर पहले बहुत भीड़ थी लेकिन अब वक्त होने की वजह से सब लोग जा चुके हैं सहारा नाइन टीवी समाचार के साथ जुड़े रहिए मोहम्मद फरमान कैमरा मैन हुसैन के साथ